आर्मी वाले उस मरमेड को पकड़कर एक टैंक में रखकर लोगों को दिखाते हैं इनकी टांगे टेल मछली की में बदल गई थी मगर उसका आधा जिसमे इंसान जैसा ही था पहले हमने देखा कि एक खतरनाक मर में जेल रिन बहन को बचाने जमीन पर आई थी पर ना बचा सके उसे एक लड़के ने मार दिया जिसका नाम जेंडर था रिण ने ये फैसला किया कि वो जमीन पर ही रहेगी जहाँ पर उसे बैन से प्यार भी हो गया इसके बाद रिन को अब समंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है इस बात को बैन की दोस्त ने भी महसूस किया था क्यूँकी समुदरी जानवर भी अब शोर जोर ऐसी शोर मचाते बाहर आ रहे थे और कुछ तो मर भी जाते हैं बैन और उसकी दोस्त जब ये देखने जाती है तो वहाँ आरोप रिन भी थी जो अब समंदर में जाकर इस बात के बारे में पता करना चाहती थी आखिर समुद्री जानवर मर क्यों रहे हैं बैन और उसकी दोस्त रिन के हाथ पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाते हैं ताकि जब वो समंदर में जाए तो ये उस पर नजर रख सके मगर जब रिन समंदर में जाती है तो वहाँ पर एक मरी हुई मरमेड को देखती है और अचानक उसे समंदर में इतनी जोर से आवाज़ सुनाई देती है की भाग वो जंगल में आ गई थी जहाँ आरोप उन्हें रिन का साथी और एक मरी हुई मरमेट दिखाई देती है रिन का साथी बहुत ज्यादा जख्मी था बैन उसे हेलन के पास ले जाता है मगर वहाँ आरोप हेलन के पास और भी मरमेड थी क्यूँकी सारी मरमेड समंदर ऐसी बाहर आ गयी थी क्यूँकी उसका वहाँ पर ना बहुत मुश्किल हो रहा था इसीलिए बेन अब सबको अपने घर में ले जाता है बेन ने इस बात को पता लगा लिया था कि एक ऑयल कंपनी ने काम करने के लिए कुछ डिवाइसेस को समंदर में लगाया है जिससे निकलने वाली आवाजों को मरमेड्स बर्दाश्त नहीं कर रही थी यही वजह थी कि मरमेड्स की जान को खतरा था मगर कंपनी का ये कहना था की वो आठ महीनों तक डिवाइसेज को नहीं निकालेंगे इसका मतलब आठ महीने तक उन सभी मरमेट्स को जमीन आरोप रहना था लेकिन उनका ख्याल रखना बहुत मुश्किल था क्यूँकी वो कभी भी किसी भी वक्त गुस्से में आकर किसी आरोप भी हमला कर सकती थी बैन रिन को गाड़ी चलाना भी सिखाता है बाकी के मरमेड्स जंगल में मछलियां पकड़ने निकल जाते हैं उनके साथ रिन की बहन की बेटी भी थी जिसके पीछे जंगल में एक भेड़िया लग गया था मगर बेन और उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं रिन का हुक्म सारी मरमेड्स माना करती थी रिन यहाँ पर सबको सभी सब बातों के बारे में समझाती है कि यहाँ पर कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा दूसरी तरफ जब सेंडर को ये बात पता चलती है कि बेन की मरमेड्स बैन के घर आरोप रह रही है तो वो बैन के साथ लड़ाई शुरू कर देता है वो कहता है वो मरमेड बहुत खतरनाक है वो किसी को भी नुकसान पहुँच सकती है जैसे उन्होंने मेरे डैड को मार दिया इसीलिए भी बैन के घर जाना चाहता था ताकि वहाँ पर जाकर सबको मार सके पर इससे पहले ये बैन के घर जाता वो सभी मरमेड्स को लेकर एक खुफिया जगह पर चला गया था अब रिन को भी समुंदर से दूर रहे काफी दिन हो चुके थे इसीलिए उसका सांस भी अब ठीक तरह से नहीं आ रहा था समुद्र में नहीं जा सकती थी इसीलिए बैन और उसके दोस्त एक बहुत बड़े टैंक में समुन्दर का पानी डाल देते हैं ताकि उसके अंदर जाकर रिन सुकून महसूस हो सके उधर बैन सपना देख रहा था जो सपना बैन देख रहा था मजे की बात ये थी की रिन को भी वैसा ही सपना आ रहा था क्यूँकी मरमेड को समंदर में सपने नहीं आते थे और पर पहली मर्तबा रीन ने सपना देखा था इसके बाद हम देखते हैं बेन और उसकी दोस्त ने मरमेट्स के लिए एक बड़े घर के साथ साथ वाटर टैंक भी बना दिया था वो इन सभी की नकली आईडी डी भी बनवा देते हैं ताकि जमीन पर रहते हुए उन्हें कोई परेशानी ना हो वो सभी को अपने साथ पूरे टाउन की सैर करवाते हैं मगर यहाँ आरोप एक मरमेट गायब थी जिसको जेंडर ने एक कश्ती में कैद करके रखा हुआ था वो उस मरमेट को ब्लैकमेल करता है कहता है अगर तुम मुझे बाकी के मरमेट्स के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ ऐसी जाने दूंगा और अगर तुमने न बताया तो भूल जाओ की कभी तुम आजाद सकती वो सब कुछ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सभी मरमेड्स को मारकर अपने डैड का बदला लेना चाहता था वो ये सोचता है कि मरमेड सबके लिए खतरा होती हैं। अब वो मरमेड बहुत जख्मी थी ना तो वो उसका मुकाबला कर सकती थी और ना ही यहाँ से भाग सकती थी इसी वो इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है सेंडर ने उसे आजाद कर दिया था वो जाकर इनकी बहन की बेटी के पास जाती है जिसको वो बताती है की तुम्हारी माम को एक इंसान ने मारा था ये सुनकर रि की बहन की बेटी को गुस्सा आ गया था अब वो भी रिन को अपना दुश्मन मानने लगी थी कि वो इंसानों का साथ दे रही है इसीलिए वो भी उस मरमेड के साथ सबको मारने के लिए तैयार हो गई थी अब बहन जेंडर के पास जाता है जहाँ पर वो उसे अपने साथ समर में ले जाना चाहता था मगर वहाँ आरोप जेंडर उसे शो करवाता है की वो मरमेड के बारे में फिक्रमंद हालाकि सच्चाई कुछ और थी जल परियों का दुश्मन था अब ये दोनों ऑयल कंपनी के डिवाइसेज के बारे में पता करने के लिए समंदर में चले गये थे वही मरमेट जो जेंडर का साथ दे रही थी जो रिन की दुश्मन थी वो की बहन की बेटी को लेकर अपने मरमेड साथी को मारने की कोशिश करती है और जाकर उसे जेंडर की कशडी में कैद कर देती है मगर आपके जेंडर का भी साथ नहीं देना चाहती थी इसीलिए उसे भी उस मरमेड के साथ उसने बंद कर दिया था जहाँ पर जेंडर उस मरमेड को बहुत मारता है मगर वो उसको बदले में कुछ भी नहीं कह रहा था अब यहाँ पर जेंडर बेन को फोन करता है और उस मरमेट के बारे में बता देता है जो रिन दुश्मन बन गयी थी बेहन सब जानने के बाद उन्हें वहाँ आरोप आकर बचा देता है उधर वो मरमेट जो रिन की दुश्मन थी वो समझ रही थी की रिन्ही की वजह ऐसी सभी इंसान उनके दुश्मन है इसलिए वो बाकी के मरमेड्स के पास जाती है और सबसे ये कहती है कि उन्हें ऋण को खत्म करना होगा मगर कोई भी इस मरमेड का साथ देने के लिए तैयार नहीं था जिसके बाद रिंक उसी मरमेड अपनी दुश्मन साथी को समझाती है कि हमें वापस से समंदर में जाने के लिए इंसानों की जरूरत है वो हमारी मदद करेंगे इसलिए मरमेट ऋण की बात को समझ गयी थी दूसरी तरफ जेंडर एक लड़की जिसका नाम निकोल था उसको अपनी दोस्त बना लेता है जो अभी टाउन में नई शिफ्ट हुई थी कश्ती में रिन की बहन की बेटी जोर जोर से चीखे मार रही थी क्योंकि वो जेंडर के पीछे थी उसे मारकर अपनी मॉम यानी रिन की बहन का बदला लेना चाहती थी तभी वहाँ पर निकोल आती है जो छुपकर उसकी वीडियो बना रही थी और जाकर वो उस वीडियो को देखती है जब आर्मी वालों ने रिन की बहन को पानी के टैंक में कैद किया था निकोल दरअसल मर के बारे में जानना चाहती थी इसीलिए वो जेंडर ऐसी मिली और छुप सबका पीछा कर रही थी जब आर्मी वाले समुद्र से बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं तो उन्हें समुद्र से जेंडर के डैड की लाश भी मिली थी जिनको रिन की बहन ने मार दिया था इसीलिए पुलिस बैन और जेंडर को पकड़ लेती है क्योंकि जब जेंडर के डैड की मौत हुई थी तो ये उसी कश्ती में थी अब ये बात ये दोनों जानती थी की उन्हें रिन की बहन ने मारा था आरोप यहाँ आरोप बैन पुलिस को बयान देता है वो छूट बोल रहा था वो कहता है की उस वक्त गलती ऐसी जेंडर के डैड को मैंने मार दिया था वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो रिन और उसके साथियों को बचा सके अगर पुलिस वालों को उसकी इस बात आरोप यकीन नहीं था और वो छानबीन बैन को जेल में रखते हैं। उधर हेलेन सभी मरमेड्स को दूर पहाड़ों पर ले जाकर छुपा देती है ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच पाए निकोल के बारे में हमें पता चलता है कि उसे आर्मी वालों ने भेजा था ताकि वो मरमेड्स को पकड़कर उन पर रिसर्च कर सकें। निकोल अब रिन के पास जाती है और उससे कहती है की अगर वो आर्मी की मदद करेगी तो आर्मी भी उसकी मदद करेगी वो रिन ऐसी डील कर रही थी की अगर वो उसके साथ चले तो वो बैन छोड़ देंगे इसलिए रिन उसके साथ जाने के लिए तैयार थी क्यूँकी वो बैन बचाना चाहती थी मगर निकोल इस बात को रिन को रास रखने का कहती है रिन बात को मान गई थी इसीलिए पुलिस वाले भी अब बैन को भी छोड़ देते हैं जब बैन वापिस आता है तो उसे ऐसा लगने लगा था कि आर्मी वालों ने उन पर नजर रखी हुई है बैन और उसकी दोस्त इस बात को नहीं जानते थे कि बैन की जान रिन ने अपनी जान खतरे में डालकर बचाई थी अगले दिन निकोल के साथ आर्मी के लैब में जाती है जहाँ पर उसके कुछ टेस्ट लिए गए थे मगर इन जल्दी वापस आ गई थी बैन के वापस आने के बाद सभी मरमेड्स भी पहाड़ों से वापस आ गए थे अब बैन को भी ये बात पता चल जाती है कि वो ऑयल कंपनी जिसने समंदर में डिवाइसेस को लगाया हुआ था वो बैन के डैड की कंपनी है इसीलिए वो भी फैसला करता है की वो समंदर में जाकर सभी डिवाइसेज को निकाल देगा ताकि सभी मरमेड वापिस ऐसी समंदर यानी अपने घर में जा सके अब यह सभी मरमेट्स को लेकर कश्ती में समुदर में चला गया था उधर बैन के डैड ने अपनी कंपनी के लिए एक पार्टी रखी थी अपनी तेल से भरी कश्ती आज रात सबको दिखानी थी मगर बैन के प्लान के मुताबिक सभी मरमेड समुंदर में जाकर सारी डिवाइसेस को निकाल देती हैं जिसमें बहुत सारा तेल था उस कश्ती को भी आग लगा देती हैं ये काम करने के बाद बैन और उसकी दोस्त वापिस ऐसी पार्टी में आ गए थे उधर जेंडर और रिन का साथ ही वो दोनों जेंडर की कश्ती में थे वहाँ आरोप रिन की बहन की बेटी आकर उन पर हमला कर देती है इसका मतलब ये था की वो बाकी मरमेड के साथ समर में नहीं गयी थी ताकि वो जेंडर को मार सके सेंडर अपनी जान को बचाते बचाते गैस पाइप को काट देता है जिससे उनकी पूरी कश्ती में आग लग गई थी इसका पता जब बैनर्स उसके दोस्त को चलता है तो वो उन्हें बचाने जाते हैं बैन जल्दी से वहाँ पर जाकर सेंटर और रेन के साथी की जान को बचा लेता है अब सभी मरमेड्स पानी में जा चुकी थी अब जब रात होती है तो बेन और उसकी दोस्त दोनों रेन को बहुत याद करते हैं। उसका रिकॉर्ड किया हुआ गाना भी सुनते हैं तभी वहाँ आरोप रीना गई थी क्योंकि वो भी अब इन दोनों के बगैर नहीं रह सकती थी वो आकर इन्हें निकोल के बारे में भी बता देती है कि उसने बेन की जान बचाने के लिए निकोल के साथ डील की थी की वो आर्मी वालों को अपने टेस्ट करने देगी आगे हमें कहानी में बैन की मोम दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा बीमार थी रीना आकर बहन ऐसी कहती है की वो उसके खून का इस्तेमाल करके उसकी मोम की जान बचा सकते हैं पहले तो बैन इस बात आरोप तैयार नहीं था मगर रेनो तैयार कर लेती है क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी रिन को अब ये टेस्ट के लिए लैब में लेकर जाते हैं जहाँ पर लैब वाले उसके टेस्ट के दौरान उसे इंसान से एक मरमेड में बदलता देखकर उसकी वीडियो बना लेते हैं इस बात पर बेन को बहुत गुस्सा रहा था इसीलिए वो रिन को वहाँ से ले आता है अब काफी वक्त गुजर गया था बैन की दोस्त रिन ऐसी कहती है बैन की माम के पास बस कुछ ही दिन बचे है इतना सुनकर रिन किसी को भी बगैर बताए निकोल के पास दोबारा ऐसी लैब में चली जाती है और अपना खून निकालने का कहती है वो ऐसा ही करते हैं जिससे रिन की हालत काफी खराब हो गयी थी मगर जैसे ही वो ठीक होती है बेन और उसकी दोस्त उसे वापस ले आए थे अब बेन भी बहुत परेशान था क्योंकि डॉक्टर्स ने बिना कोई रिसर्च किए बेन की मॉम को रिन का खून लगा दिया था वो ये सोच रहा था कि पता नहीं रिन का खून उसकी मोम पर क्या असर करेगा इसीलिए रिजल्ट आने तक बेन को डॉक्टर घर भेज देते है वही घर पर वो अपनी दोस्तों रिन को शॉपिंग पर ले गया था शॉपिंग करते हुए रिन अचानक से एक औरत पर हमला कर देती है पता नहीं उसे क्या हुआ था घर आकर रिन दोबारा नॉर्मल हो गई थी मगर कुछ देर के बाद रिन को दोबारा से इतना गुस्सा आता है कि वो बैन को मारने की कोशिश करती है लेकिन सही वक्त आरोप बैन की दोस्त ने उसे बचा लिया था थोड़ी देर बाद रिन को समुद्री जानवरों की आवाज़ें आती है जिनको वो मारने के लिए भागती है ये सब देख बैन और उसकी दोस्त उसे एक शीशे के टैंक में बंद कर देते है तभी उन्हें निकोल का फोन आता है वो बताती है कि रिन का खून लेने की वजह से इसका एक हारमोन ज्यादा हो गया है जिससे रिन को बहुत गुस्सा आ रहा है तभी बेन को ये भी पता चलता है कि उसकी माम रिन का खून लेने के बाद ठीक हो गई है और मुकम्मल ठीक होने के लिए उन्हें और खून की जरूरत है शीशे के टैंक में कैथरीन उस टैंक को तोड़ देती है बैन के मना करने के बावजूद वो जंगल में चली गई थी बैन और उसकी दोस्त उसे बहुत ढूंढते हैं मगर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती यहाँ पर ने उनकी मदद करती है और उन्हें बता देती है कि वो कहाँ पर है जंगल में रिन और रिन को पकड़ने की कोशिश करते है मगर रिन बैन के दोस्त के पास जाकर उसे अपना गाना सुनाती है और इसी के साथ रिन नॉर्मल यानी ठीक हो गयी थी मतलब ये था की उसके गाने का असर रिन पर खुद ही हो गया था जिसके बाद बैन और उसके दोस्त अपने दिमाग का टेस्ट करवाते है और साथ ही रिन के गाने का जहाँ पर डॉक्टर्स जब उस गाने को सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि वो किसी इंसान के दिमाग पर इतना गहरा असर कर सकता है वो वहाँ पर एक चूहे को शीशे के टैंक में बंद कर, कर रिन का रिकॉर्डेड गाना सुनाते हैं जिसका असर उस चूहे पर इतना ज्यादा हुआ था वो इतना ताकतवर हो जाता है कि शीशे के टैंक को ही तोड़ देता है उधर जब बैन की मॉम ठीक होने के बाद सबको खाने आरोप बुलाती है तो यहाँ आरोप बैन की दोस्त को न जाने क्या हो गया था वो सबको बैन और रिन बारे में बता देती है की दोनों एक दूसरे ऐसी प्यार करते हैं वापिस आकर वो रिन को बताती है की पता नहीं जब ऐसी ने तुम्हारा गाना सुना है मेरे दिमाग पर खुद अपना कंट्रोल नहीं है आगे इनका काम इस गाने के बारे में पता करना था कि कैसे ये रिन के गाने का असर अपने दिमागों से खत्म कर सकते हैं अपनी कोल बेन की दोस्त का डॉक्टर के साथ इंटरव्यू लेती है पर उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था उसे किसी सवाल का जवाब नहीं आता वो कुछ ऐसी उठ कर वापिस और रिन के पास आ गयी थी इसीलिए रिन अब इस गाने का असर खत्म करने के लिए समंदर ऐसी एक मरमेट को बुला लाती है जो इस गाने के असर को खत्म कर सकती थी मगर वो भी इस गाने के असर को खत्म नहीं कर पाती अब रिन बेन को समंदर में एक जगह का बताती है जहाँ पर जाकर इसके गाने का असर बेन की दोस्त के दिमाग से खत्म हो सकता था वो बारहवीं वालों से बात करके एक मशीन को लेकर समंदर में उसी जगह पर जाते हैं निकोल ने उस मशीन में कैमरास को भी लगा दिया था पर इन बेन और उसकी दोस्त के अलावा इस जगह को किसी और को दिखाना नहीं चाहती थी इसलिए बैन कैमराज को बंद कर देता है अभी उसी जगह आरोप जाते हैं जहाँ आरोप मरमेट्स के बच्चे पैदा होते थे रिन बताती है की वो भी यही आरोप पैदा हुई आगे वो इन्हें एक ऐसी रोशनी वाली जगह आरोप लेकर जाती है जहाँ आरोप आकर बैन और उसके दोस्त को बहुत अच्छा लग रहा था ये एक जादुई जगह थी जहाँ पर मरमेट मरने के बाद अपने गाने को छोड़ जाती थी वो यहीं पर बचते रहते थे अब आखिर ये तीनों वापस आ जाते हैं वापस आकर इनके दिमागों को आर्मी वाले दोबारा टेस्ट करते हैं इन्हें पता चलता है कि इनके दिमागों से अब रिन के गाने का असर खत्म हो गया है तो बहन और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है की जब ये तीनों समुद्र में गयी धोनी तो कोल ने इनके घर में कैमराज को लगा दिया था जो इनकी हर चीज आरोप खुफिया तौर पर नजर रख रही थी इसके बाद रिन का वही साथी जो पहली जमीन आरोप आया था वो दोबारा ऐसी समंदर से जमीन पर आ गया था क्योंकि उसका समंदर में दिल नहीं लग रहा था बाद में वो मरमेड हेलन के घर पर गया था तभी तो हेलन के घर पर एक औरत आती है जो रिन के साथी को अपने साथ ले गई थी जब ये बात हेलन बैन को बताती है तो इस बात का पता आर्मी वालों को भी चल गया था जिन्होंने कैमरे के जरिए इन आरोप नजर रखी हुई थी वो समझ जाती है कि की रिन के अलावा एक और मरमेड है जो टाउन में इंसान बन रह रहा है इसके बाद हमें रिन को दिखाया जाता है जिसकी जल्द अब चमकने लगी थी इसका मतलब ये था कि ये ऐसा मौसम था जब मरमेट बच्चे पैदा किया करती थी मगर इंसानों के फेंके जाने वाले समंदर में केमिकल्स की वजह से बहुत सालों ऐसी मरमेट ने बच्चे पैदा नहीं किए थे इसीलिए वो बैन को बताती है की वो अपने साथी को जो जमीन आरोप आया है उसे वापिस ऐसी समंदर में ले जाएगी ताकि वो बच्चे पैदा कर सके अब वो ऐसा ही करती है मगर जब वो वापिस आती है तो अभी भी वो मां नहीं बनी थी इसके बाद हमें कहानी में जेंडर दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर को रिन की बहन की पर आरोप लेकर गया था जहाँ पर वो देखते हैं उसकी कब्र खाली थी कोई उसकी लाश को निकाल कर ले गया था जब सेंडर ये बात बेन को बताता है तो वो इस बात का पता करने चुपके से आर्मी के लैब में जाता है जहाँ पर वो रिन की बहन की लाश को देखता है सबके पीछे आर्मी का हाथ था उधर ये बेन को अपना एक दोस्त भी मिलता है जिसकी आदाश जा चुकी थी क्यूँकी उसने भी रिन के गाने को सुना था इसीलिए आर्मी वाले उस पर भी टेस्ट कर रहे थे आगे रिन को भी ये बात पता चल जाती है की बैन उसी इंसान की फैमिली ऐसी है जिसने अपनी बीवी को बचाने की खातिर सभी मर मेट्स को था और तब से ही मरमे इंसानों को अपना दुश्मन समझने लगी थी रिन बेन पर बहुत नाराज होती है इसीलिए वो गुस्से में जंगल में चला गया था अब पीछे बैन की दोस्त रिन को समझाती है कि बैन उन लोगों जैसा नहीं है जो किसी की भी जान लेगा सब समझने के बाद रिन बेन से माफ़ी मांग लेती है बेन और उसकी दोस्त ये फैसला करते हैं कि रिन के सेल्स को वो एक मर मेट के साथ मिलाकर दोबारा से उसके में डाल देंगे जिससे रिन मां बन सकती है अभी ऐसा ही करते हैं मगर रिन के सेल्स लेने के बाद बेन उन्हें अपने पास ही रखता है क्योंकि वो आर्मी वालों पर यकीन नहीं करता था हेलन रिन को अब अपने एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है जिसमें रिन का इलाज करना था वो डॉक्टर रिन को एक बार टब में बिठा देती है जिसमे समंदर का पानी था रिन की टाँगे तेल मछली की दम में बदल गयी थी मगर उसका आधा जिसम इंसान जैसा ही था लेकिन यहाँ आरोप हैलन के डॉक्टर ने एक धोखा दिया था वो रिन के सेल्स को किसी और लड़की के जिसमें डाल देती है जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता था इसके बाद कहानी में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो रिन की मरमेज में बदलने की तस्वीरें लेना चाहता था इसीलिए वो रिन के पास आता है जहाँ पर रिन बेड पर बेहोश थी उसे उठा अपने साथ ले गया था ये बात बैन और उसके दोस्त को भी पता चल जाती है मगर जब तक वो रिपोर्टर रिन को गाड़ी में ले जा चुका था जब गाड़ी में रिन को होश आता है तो वो उस रिपोर्टर को धक्का देती है जिससे गाड़ी समंदर में गिर गयी थी वही आरोप बैन आकर उन दोनों को बचा लेता है ऐसा लग रहा था की रिपोर्टर उसका राज किसी को नहीं बताएगा की वो एक मर मेड है मगर वो रिपोर्टर ऋण की ली हुई तस्वीरें टीवी आरोप चला देता है जिस ऐसी अब पुलिस और आर्मी वाले सब ऋण के पीछे थे बैन और उसके दोस्त ऋण की जान बचाते हुए उसे एक खुफिया जगह आरोप ले जाते हैं वो दो महीने तक उसी गुफा में रहते हैं क्यूँकी पूरे टाउन में आर्मी ने कब्जा कर लिया था और सब लोग बस ऋण को ही पकड़ना चाहते थे ये ऋण को लेकर बॉर्डर आरोप जाकर दूसरे मुल्क में जाना चाहते थे मगर जब ये बॉर्डर आरोप पहुँचते है तो वहाँ आरोप पहले ही ऐसी आर्मी वाले मौजूद थे उधर हैलन उसकी फैमिली के लोगों को भी पकड़ लिया गया था और उन पर अजीबोगरीब टेस्ट किए जा रहे थे अब बेन सेंडर के साथ मिलकर एक मरमेड को पानी से पकड़कर आर्मी वालों को दे देता है ताकि आर्मी वालों को लगे कि अब कोई मरमेड उनके पास नहीं है जहां पर वो आर्मी वाले उस मरमेड को पकड़कर एक टैंक में रख कर लोगों को दिखाते हैं और उस पर बुरी तरह ऐसी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अब जब बैन बॉर्डर को पार करने की कोशिश कर रहा था तो उन्हें पकड़ लिया जाता है जहाँ आरोप बैन की दोस्त को गोली लगी थी बैन और रिन को पकड़ लिया गया था तभी बैन अपने ख्याल ऐसी बाहर आ जाता है इसका मतलब ये था ये सब सोचकर उसने उस रिपोर्टर को पानी से बाहर निकाला ही नहीं था यानी कि बहन की सोच रहा था कि अगर उसने उस रिपोर्टर की जान बचा ली, तो वो ऐसा ही करेगा इसीलिए वो उसे गाड़ी में ही मरने के लिए छोड़ देता है ताकि उसकी वजह से रिन का राज कभी किसी को पता ही न चल पाए कहानी की आखिरी सीट में बहन उसके दोस्त और रेन को दिखाई जाता है जो तीनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और इसी के साथ सीजन टू की कहानी यही आरोप खत्म हो जाती है